आप से पूछना चाहते हैं वेर इज लोकपाल लोकपाल कहां है मिस्टर केजरीवाल वेर इज लोकपाल यह इसलिए पूछना जरूरी है कि आज जब केजरीवाल के ऊपर उनके मंत्रिमंडल के ऊपर भ्रष्टाचार के चार्जेस लग रहे हैं तो कौन इंक्वायरी करेगा